मैं सभी तूस मेरा गौ तुझाग सत् तो वा शैलो मे धुल कोई तुराग स मैं सभी तूस मेरा गौ तुझा गुबा शे नो मैध कोई मैं बन जितना